हमारा देश भारत हमेशा से ही प्रकृति की पूजा और सम्मान करता रहा है लेकिन वर्तमान समय में महामारी के कारण ऑक्सीजन की कमी दर्शाती है कि हमें प्रकृति को सहेजने के लिए और श्रम की आवश्यक है। महामारी ने हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया है हमें पर्यावरण के साथ आजीविका को जोड़ना होगा जिससे हमारा पर्यावरण भी ठीक रहे सुरक्षित रहे और हमारी आजीविका भी चलते है भारतीय संस्कृति हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है आज हमें इसी दिशा में सोचने की जरूरत है यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो कोरोना महामारी जैसी आपदाओं से सुरक्षित रह पाएंगे पर्यावरण से है जीवन इसे अपना दोस्त बनाना है हमें मिल वृक्ष लगाना है हमें मिल वृक्ष लगाना है जी हाँ हमारा जीवन पर्यावरण से है और पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है ये वृक्ष जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करते हैं और इनके द्वारा ही हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और निर्मल बनाया जाता है अगर हमें अपनी सांसों को बचाना है आने वाली जीव पीढ़ी को संघर्ष से बचाना है तो ये ज़रूरी है कि हम इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त इस पर्यावरण के वृक्षों को बचाएँ और इसको बचाने के लिए हमें निरंतर इन वृक्षों को लगाना होगा और लगे हुए वृक्षों को बचाना होगा तभी हम अपनी भावी पीढ़ी को इस संघर्ष से बचा सकते हैं जीवन के संघर्ष से बचा सकते हैं प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए लालच को नहीं। महात्मा गांधी का यह कथन हमें पर्यावरण संरक्षित करने के लिए प्रेरित करता है और वास्तव में आज हमें इस बात की आवश्यकता भी है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें तभी हम कोविड जैसी महामारी को फैलने ऐसी रोक सकते हैं धरती का बढ़ता तापमान कोरोना जैसे वायरस और अत्यधिक जलवायु परिवर्तन ये सभी चिंताजनक विषय हैं जो संपूर्ण मानवता को प्रभावित कर सकते है नदियों तालाबों जंगलों और पहाड़ों को बचाना अब जरूरी है ये रहेंगे तभी हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे और हाँ अगर आप अभी भी प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे आज ही बंद कीजिए प्लास्टिक के प्रयोग से सैकड़ों जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, जो कि मनुष्य के विनाश का कारण हो सकता है आने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 को एक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान जरूर दें। हमारी धरती पर कोरोना जैसी भयानक महामारी भविष्य में नहीं फैले इसके लिए हम सबको परिवार की तरह मिलकर एकजुट होकर पर्यावरण संरक्षण करने की जरूरत है तो चलिए इस पर्यावरण दिवस आरोप हम पुनः एक बार ये प्रण लेते हैं कि हम पर्यावरण को बचाएंगे और वृक्षारोपण को बढ़ाएंगे इसी के साथ आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ